तो कैसे हो मेरे दोस्तों आई होप सब कुछ बहुत ही बढ़िया होगा तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है और बहुत से लोगों का ध्यान तो नहीं होता वैसे इस पर बट ये टॉपिक आपको पता होना चाहिए बहुत ही काम का टॉपिक है तो वो टॉपिक है कि जो हमारे फ़ोन में कनेक्टेड वाईफाई होते हैं यानी कि हम जब कभी किसी से अपना वाईफाई वाई कनेक्ट करवाते हैं उसका राउटर के साथ या किसी के भी साथ तो मोस्टली क्या होता है वो बंदा फॉरगेट करना भूल जाता है बट हमें उसका पासवर्ड जानना होता है ये मेरे से क्वेश्चन काफ़ी लोगों ने पूछा था तो मैंने सोचा आज इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए तो इस ट्रिक को जानने के लिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को तो चलो चलते हैं तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना अपने वाई में जाना है और जो भी आपका कनेक्टेड वाई है उस पर आपको यहाँ सेटिंग्स में जाना है सेटिंग्स में जाने के बाद आपको नीचे क्यूआर का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा तो क्यू आर जाके आपको सिंपल या तो स्क्रीनशॉट ले लेना है और या तो आपको उसकी जैसा सेव इमेजेस का ऑप्शन आ रहा है मेरे इसमें तो मैंने इसमें सेव इमेज कर लिया अब सिंपल आपको कहाँ जाना है अपने गूगल पर जाना है गूगल ओपन करना है गूगल ओपन करने के बाद आपको पहली वेबसाइट डालनी है जिक्सिंग डैकड ऑनलाइन सिंपली इस वेबसाइट पर जाने के बाद आपको ऊपर पहली वेबसाइट पे क्लिक कर देना है तो आपका कुछ इस तरीके से इंटरफेस ओपन हो जाएगा और सिंपली यहाँ पर देखो आपका पहले इसमें एक ऑप्शन आ रहा होगा चूज फाइल का इस चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक करो आप सीधा अपनी गैलरी में पहुँच जाएंगे गैलरी में पहुँचने के बाद आपने वो फोटो जहाँ पर भी सेव हुई थी आपको उस लोकेशन पर जाना है तो हम चलते हैं अपनी गैलरी में और हमने वो लोकेशन यहाँ पर सेव तो ये जैसे कि मैंने फोटो सेव करी थी अब ये फोटो जो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नाम आ रहा है उस फोटो का तो अब लास्ट में जाके यहाँ पे आपको एक सबमिट का बटन दिखाई दे रहा होगा सबमिट पे क्लिक करो तो सबमिट क्लिक करते ही आप सबसे नीचे जो अपने रिजल्ट में देख सकते हैं उस पर्सन के वाई का पासवर्ड यहाँ पे आ गया है तो जैसे कि मैंने अपना आई का वाई फाई कनेक्टेड करा हुआ था और वो पर्सन मेरे फ़ोन में से वाई फाई पासवर्ड फॉर्गेड करना भूल गया था तो अब उसके वाई फाई का पासवर्ड यहाँ पे शो हो जाएगा तो आई होप आपको इस वीडियो को देख के काफ़ी कुछ पता लगा होगा कि किसी के भी कनेक्टेड वाई फाई का पासवर्ड कैसे जाना जाए तो इसी तरीके से मुझे पता था कि आपको ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा तो इसी तरीके से मेरी इस वीडियो को शेयर करो जो कि और लोगों को भी पता लगे इसके बारे में इस ट्रिक के बारे में और जो भी आपके माइंड में टैक्स से रिलेटेड वाईफाई या किसी से भी रिलेटेड आपके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं वो आप मुझसे सिंपली कमेंट बॉक्स में पूछो जो कि मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में उन सभी क्वेश्चंस के जवाब को कवर कर सकूं और आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग और भी वीडियोस लाता रहूँ तो जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना मत बोलना क्योंकि आपको मेरे चैनल की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आती रहेगी तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को खत्म करते हैं तो ओके बाय बाय